हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे तो दोस्तों आज हम आ गए हैं अपने खेतों में और ये हमारे खेत है इसको अपने चारों तरफ से देखा ये तैयार हो चुका है दस से बारह दिन यानी कि वन या वन वीक या दो वीक के अंदर अंदर इसमें कटाई चालू हो जाएगी ये अपना खेत है इधर अपना भूरा खड़ा है भतीजा अपना बोला चलो चाचू यार खेत देखा आते हैं कैसा कैसा नहीं चलो चलते हैं चलो आप चलते हैं थोड़ी आगे खेत खात तो घूम लिए देख लिया खेत खात भाई खेत ठीक है अपना अब चलते हैं थोड़ा बाहर बाहर की तरफ को ये अभी मेड़ पे हैं हम लोग उधर अपना भतीजा बुरा आ जाओ बुरा आजा जा बेटा चलो चलो चलो चला है? देखो भाई वीडियो बड़ा बढ़िया तरीके से बनना चाहिए कोई शिकायत नहीं है वीडियो में ये अपना खेत है अपने खेत में घूम रहे हैं अब हम लोग निकलने वाले हैं चक रोड पर चक रोड पर आ गए दिखाते हैं आपको प्लेन में गेहूँ की खेती किस तरीके होती है किस तरीके से नहीं होती है तो ज़्यादातर हमारे इधर तो जो है गेहूं की खेती ज़्यादा होती है ये देखिए चारों तरफ जिधर भी नज़र डाल के देखेंगे ना उधर गेहूं ही गेहूं ही दिखाई देगा सब तरफ बिल्कुल पचास पचास पचा, किलोमीटर सौ सौ किलोमीटर तक निकल जाएंगे आप सिवाए गेहूं के कुछ दिखाई नहीं देगा बहुत सारे लोगों ने सब्जी भी लगा रखी है सब्जी के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे दिखाएंगे आपको क्यों बुरा और एक सब्ज़ी अपनी खेती में एक बार भाई सुनने में आ रहा है गेहूँ महंगा रहेगा महंगा रहेगा उसका क्या कारण है थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ उसका कारण क्या है महंगा रहेगा गेहूँ गेहूँ महंगा रहने का कारण क्या है अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है तो इस समय यूक्रेन का गेहूँ जो है वो तबाह हो चुका है ठीक है तो महंगाई तो थोड़ी बहुत रहेगी और दुनिया पर इसका असर पड़ने वाला है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है तो भाई मैं तो ज़्यादातर यही कोशिश करूँगा कि गेहूँ थोड़ा बहुत रोक लें आप किसान भाई तो रोकने का क्या फ़ायदा होगा कि थोड़े बहुत पैसे दो पैसे बढ़ते मिल सकते हैं किसान भाइयों को बाकी भाई आपकी मर्जी है और किसान क्या रोकेगा भाई किसान के पास पहले से इतना कर्ज़ा हो जाता है कोई अपनी बेटी की शादी करता है कोई अपनी बहन की शादी करता है वैसे कर्जा ले, ले लेते हैं तो वो तो किसान तो मुश्किल से ही रोक पाएगा मतलब ही नहीं रोकने का है नहीं बुरा नहीं। क्योंकि किसान तो इंडिया का किसान तो हर वक्त कर्जे में डूबा रहता डूबा रहता नहीं बुरा हाँ हाँ तो भाई इंडिया का किसान तो ग्यों रोक नहीं पाएगा पर मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा उम्मीद कि इस बार जो है गेहूँ महंगा रहने वाला है हंड्रेड परसेंट ज़्यादा नहीं तो हजार रुपये पाँच सौ रुपये दो सौ रुपये जो भी बढ़ने वाले हैं पर बढ़ेंगे जरूर वो अभी गेहूँ कटेगा उसके बाद पता लग जाएगा क्या रेट है क्या रेट नहीं रहने, रहने वाला वो बात की बात है पर हमारे इधर गेहूँ होता बहुत भरपूर मात्रा में है नहीं बुरा जिधर भी नज़र उठा देखेंगे गेहूँ ही गेहूँ ही दिखाई देगा गेहूँ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा है नहीं बुरा क्या बोलता बढ़िया महक निकल गया चलो बुरा कहना चाहो कुछ अपने दोस्तों से कुछ क्या कहना चाहेंगे हम फेमस करो उठाओ हम आपके लिए बढ़िया फसल के बारे में सब कुछ बताएंगे सब्जी कैसे होती है गेहूं की खेती कैसी होती है धान की खेती कैसी होती है ये आप हम आपको सब खेतों के बारे में किसानी के बारे में आपको हम नॉलेज देना चाहेंगे ये बतिया अभी अपना पढ़ाई कर रहा है ये पढ़ाई कर रहा है अभी दसवीं दसवीं हाई स्कूल कर लिया इसने दसवीं में अपनी दसवीं की जो परीक्षा होती है वो पास कर लिए अभी ग्यारहवीं में इसका एडमिशन हो गया और ये गाँव में पढ़ रहा हमारे यहाँ स्कूल है एक इकराम वर्डन पब्लिक स्कूल है आ, एक कॉलेज। इंटर कॉलेज है हाँ इंटर कॉलेज है वहाँ से ये बारहवीं करेगा उसके बाद देखेंगे फिर उसको क्या कराना कहाँ भेजना कहाँ नहीं भेजना पर बारहवीं तक ये अपना वतिया गांव से ही पढ़ेगा मैंने उसको बोल दिया अभी तक पढ़ाई करो यूट्यूब पर अभी नहीं आना है पर आना थोड़ा बहुत पढ़ लो लिख लो उसके बाद और यूट्यूब पर आना भाई ऑनलाइन पैसा कमाना कौन सी बुरी बात है दुनिया पैसा कमा रही है ठीक है हम तो चलो फिर भी कोशिश कर रहे हैं भाई पीछे पीछे और अब कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब पर आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं वीडियो बना के डालें पैसा कमाएं ठीक है थीके? भाई मेरे पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को आठवीं आठ आठ आठ साल के दस दस साल के बच्चों को बैग उठा के भेज देते हैं दिल्ली भाई जाओ दिल्ली जाओ सिलाई करो जाकर बहुत गलत बात है बच्चों को पढ़ाओ बच्चों का भवित सुधरेगा और आपका भवित भी सुधरेगा गलत कर रहे हूँ बुरा बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं आजकल के ज़माने में बच्चा ज़्यादा नहीं तो इंटर तो करे इंटर कर लेना इंटर करना इस टाइम बहुत ज़रूरी है बगैर इंटर के बगैर इंटर की मार्कशीट नहीं है तो आपका लैसेंस भी नहीं बनेगा फिर अच्छा अच्छा बहुत सारी परेशानी आती है कहने के मतलब हाँ तो भाई हमारा भतीजे को कितना समझदार है कह रहा है कि अगर आपके पास आपके पास कोई मार्कशीट नहीं होगी हाई स्कूल की या इंटर की तो आपको बहुत सारी परेशानी आने वाली हैं जैसे कि लैसेंस से संबंधित परेशानी आने वाली हैं लैसेंस नहीं बन पाएगा आपका अगर बनेगा तो दिक्कत आने वाली है तो भाई बच्चों को अपने जरूर पढ़ाओ अपनी सोच बदलो 10-12 साल 15 साल के बच्चे को दिल्ली भेज देते हैं वहाँ पर जाकर वो रात दिन काम करता डायरिया बन जाता उसके बाद बहुत सारे बच्चे मर भी गए पूरा मर गए नहीं भी मर गए हैं 15-15 अठारह अठारह साल के मर गए तो भाई मेरे अपनी सोच बदलो अपने बच्चों को पढ़ाओ अगर आपके बच्चे पढ़ गए तो आपकी ज़िंदगी वैसी सफल हो जाएगी कोई सिलाई वलाई का काम सिखाने की जरूरत नहीं है किसी बच्चे को ठीक है जब तक उसकी अठारह साल से कम उम्र है उसको पढ़ाओ 18 साल के बाद वो क्या करता है क्या नहीं करता उसकी मर्जी आपकी मर्ज़ी आपका बच्चा है, है नहीं बुरा कुछ भी करवाओ पर मैं मतलब तो चाहता हूँ कि 18 साल तक अपने बच्चे को पढ़ाइए बढ़िया तरीके से पढ़ाइए चाहे लड़की है चाहे लड़का है गलत कह रहे हैं बुरा बढ़िया बढ़िया एकदम इसके पापा भी दिल्ली भेज रहे थे मैंने उनको बहुत सुनाया तो कह रहे हैं कोई बात नहीं इसको पढ़ाएंगे अभी हम अठारह साल तक ये पढ़ाई करेगा बढ़िया उसके बाद इसकी मर्ज़ी है भाई अगर आगे कोई नौकरी नौकरी के लिए पढ़ना चाहेगा तो पढ़ेगा नहीं पढ़ना चाहेगा तो अपना ऑनलाइन काम करेगा बथेरे तरीके हैं काम करने के है नहीं पूरा चलो दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एक बार आपको गेहूं और दिखा दे रहा हूँ देखो अभी हम कितनी देर से चल रहे हैं और वो हमारा गांव दिखाई दे रहा बहुत दूर वहाँ तक सब गेहूं ही गेहूं है जिधर भी नज़र डालेंगे सब गेहूँ ही दिखाई देगा चारों तरफ पचासियों एकड़ का रकबा है पचासियों नहीं सौ दो सौ एकड़ का रकबा है पता नहीं कितनी एकड़ जमीन है पता ही नहीं है यहाँ चले जाओ पाँच किलोमीटर तक चले जाओ भाई साहब यूपी यूपी है उत्तर प्रदेश सब गेहूँ ही दिखाई देगा थोड़ा सा बीच में गन्ना दिखाई देता है क्योंकि तराई इलाका है पीलभीत का तो लोग जो है वहां पर नीचे नीचे गन्ना लगा रखा है उसके अलावा फिर आगे बढ़ेंगे फिर गेहूँ ही गेहूँ दिखाई देगा तो गेहूँ भी जो है बहुत बड़ी मात्रा में होता है उत्तर प्रदेश में ऐसी बात नहीं है ठीक है मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना आप गाँव से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी ले बन गई वीडियो